मेहर में गोला मठ शिव मंदिर में शिवलिंग का भव्य श्रृंगार हुआ भगवान शंकर का यह मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रहती है शिवरात्रि के समय यहाँ पर मेले का आयोजन भी होता है महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर गोला मठ शिव मंदिर में शिवलिंग का भव्य श्रृंगार हुआ यह मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था चंदेल राजाओं ने एक ही शिला को तराशकर इस मंदिर का निर्माण किया था धार्मिक महत्व के हिसाब से भगवान शंकर का यह मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है महाशिवरात्रि के दिन सुबह से ही इस मंदिर में भक्तों की भीड़ रहती है भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुँच जाते हैं और शिवरात्रि के दिन यहाँ पर मेले का आयोजन भी किया जाता है भोलेनाथ जी का जो पुरातत्व के समय से ये प्राचीन मंदिर है जो एक रात में कहा जाता है कि एक रात में विश्वकर्मा जी के द्वारा ये मंदिर का निर्माण कार्य किया गया है मेरी अपील है महाशिवरात्रि का महापर्व है इसमें मैयर शहर और मैयर तहसील एवं जिला के लोग दर्शन करने आए महाशिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर लाइट और फूलों से पूरा सजाया जा रहा है और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि भगवान केदारनाथ का स्वरूप यहां भगवान महादेव मंदिर में मिले साढ़े सात बजे महाआरती का आयोजन है सुबह से भंडारा प्रसाद वितरण होगा मेरी मैहर की समस्त जनता शिव भक्तों से ये अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भंडारे का